यो यो यो वो नेम इज माई और आज हम फिर से सीजन टू वाली सीरीज में यार क्या बातें यार और जल्दी से मैं यार वीडियो को शुरू कर लेता हूँ यार क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो अभी सबसे पहले मैं घर पर चलता हूँ और मैं इस घर से दूर इसलिए हूँ भाई मेरा माइनक्राफ्ट का एडिशन ले गो रहा है और यहाँ पर देखो मैंने एक आइलैंड बनाया ऑफलाइन में और यहाँ पर से ये देखो मैंने यहाँ पर पिल्लर बना दिया है कि यहाँ से मुझे चलना और यहाँ से मैं वाटर एलिवेटर से बना बनाने वाला हूँ वाटर एलिवेटर हाँ तो यहाँ पे मैंने एक माइन बनाई है जिसके अंदर मुझे आयरन मिला था और यहाँ पे मैं सोल एंड और मेघमा ब्लॉक लगा दूँगा और वहाँ पर भी वहाँ पर एक गेट बना दूँगा तो यहाँ पे अभी मेरे को वुडन पिकनिक्स वगैरह चाहिए मेरे टूल्स और मैं माइनिंग पे चलता हूँ और पहले तो मैं आपको ऊपर चल के बता दूँ और बेड मैंने यहाँ पर रखा है देखो यहाँ पर रखा है बेड और अभी मेरे को बताता हूँ मैं आपको फिर सीढ़ियाँ बनाई हैं मैंने देखो यहाँ पे से सीढ़ियाँ बनाई हैं और अभी मैं ऊपर चलता हूँ अभी मेरे पास 22 ब्लॉक है तो यहाँ पे 23 ब्लॉक ऊपर है ही है तो यहाँ पे देख पा रहे हो 23 ब्लॉक से भी ऊपर है ही है चौबीस ब्लॉक है ऊपर मेरी छत पर से तो यहाँ पे मैं 24 ब्लॉक लगाऊंगा तो ये फुल एम फुल ऊपर हो जाएगा तो अभी मैं यहाँ पर कांच लगाने वाला हूँ मतलब ग्लासेस लगाने वाला हूँ और देख सकते हो मैंने कितना अच्छा बनाया है यहाँ पर बनाया है और वापस चलते हैं तो अभी मैं वापस चल जाता हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे को कोई काम ही नहीं है भाई यहाँ पे तो सबसे पहले ओ भाई मैंने ये ब्लॉक भी खोद दिया तो अब मेरे को लगाना होगा भाई ये ब्लॉक तो ऊपर से चल को लगा के आता हूँ मैं चलो लगा के आता हूँ यहाँ पे से मैंने लगा दिया है और अब वहीं से पूछ जाता हूँ अब नीचे चल चलते है वैसे तो यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं और केस्ट में से मुझे लेनी है फूड लेना है और अभी मैं फ़ूड खा लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ कम हो गई है और अभी मैं चलता हूँ नीचे और देखो वहाँ पे मेरे को आयरन और मिला है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे और मैं इसको खोद लेता हूँ ये देख सकते हो न्यू रेसिपी अनलोक हो गई है और मैं इसको खोद लेता हूँ पूरा आयरन और को और अब इसको इस्मेल्ट करना है मुझे तो मेरे को यहाँ पर सात आयरन और मिल चुके हैं और यहाँ पे एक भी आयरन और बाकी नहीं दिया है तो अभी मेरे को और माइन करनी है तो मैं माइनिंग करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतनी सारी माइनिंग कर ली और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रीप माइनिंग करी थी तो यहाँ से मैं और माइनिंग कर लेता हूँ अभी मेरी इसलिए थोड़ी सी माइनिंग और कर लेते हैं या फिर इस पिकेक्स से तो क्या ही करना भाई मैं को ऊपर चल जाता हूँ मैं और यहाँ पे देख सकते हो आप मैं ऊपर आ चुका हूँ यहाँ से मैं कोल ले लेता हूँ कोल फर्नेस के अंदर डाल के आयरन और को इसमेल करते हैं कबल स्टोन और बाकी सामान को हम डाल देते हैं भाई अंदर वही जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबा देना तो अभी मेरे को वुड चाहिए तो खाना भी चाहिए मेरे को और वुड देखता हूँ मैं अगर कहीं वुड मिलती है तो और पहले तो मैं इस इसकाओ को मार लेता हूँ चलो भाई मर जाओ ओके तो मैंने इसको मार लिया है तो मेरे को अभी वुड चाहिए तो वुड तो बहुत सारी जगह है लेकिन अभी पीछे की साइड एक्सप्लोर करता हूँ हमारे घर की पीछे की साइड को एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पे तो ब्लू डाई वाले फूल है यहाँ से मैं वुड काट लेता हूँ थोड़ी बहुत तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वुड काट ली है और अभी थोड़े से और आगे बढ़कर देखते हैं वैसे इन फूलों को उठा लेता हूँ मैं तो वापस चलते हैं क्योंकि अभी मेरा कोई काम नहीं है मुझे वो डोर खाना चाहिए था तो चलता हूँ मैं अपने घर वापस और जंप मार मार के चलता हूँ ओके तो मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को पहले तो ब्लू बेड बनाना है ब्लू ओके okay, तो बेड को तोड़ लेते हैं और मेरे को एक सेकंड भाई ब्लू बेड बनाना है तो ये ब्लू बेड हमारा बन चुका है क्योंकि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लू बेड इसलिए बनाया है भाई और अभी मुझे डायमंड माइन करने हैं अब बाकी बहुत सारी चीज़ें माइनिंग करनी है तो यहाँ पे मेरे को आयरन मिल चुका है तो जल्दी से तलवार और पिकेक्स बना लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास आयरनिंग गट आ चुका है देख सकते हो और थोड़ा सा लेग हो रहा है मेरा माइनक्राफ्ट क्योंकि प्रोग्रेस बढ़ी है तो यहाँ से मैं वुड लेके के यहाँ से स्टिक बना लेता हूँ पहले प्लैंक्स उसके बाद स्टिक उसके बाद टूल्स बना लेता हूँ मेरे को एक पिकेक्स चाहिए पहले तो और फिर मुझे चाहिए एक स्वाड आयरन की तो यहाँ पे मेरे को आयरन पिकेक्स की एडवांसमेंट मिल चुकी है तो गाइस देख सकते हो मेरे पास आयरन स्वाड आ चुकी है और अभी मैं इससे इसके वगैरह को मारूंगा वैसे मेरे को अभी सैंड चाहिए देख सकते हो वहाँ पे सैंड है उस वहाँ पर मैं ग्लास बनाऊंगा ना तो मुझे सैंड चाहिए तो पहले मैं सो लेता हूँ उसके बाद चलता हूँ ओके तो मैं सो गया हूँ उठ चुका हूँ सोकर तब तो मैं सैंड लेने चलता हूँ तो पहले सेंड लेने चल चलते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो मैं सेंड ले रहा हूँ और अब मैं अपने घर पर चलता हूँ तो पहले मेरी स्वाद हाथ में ले लेता हूँ तो अभी मैं मेरे घर पर आ चुका हूँ तो मैं इसको स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ जिससे मेरे को ग्लास मिलेंगे पहले मेरा खाना ले लेता हूँ उसके बाद ये खाना पका लेता हूँ पहले मैं बना लेता हूँ सैंड पका लेता हूँ पहले तो भाई आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सेकंड भाई रुको रुको रुको हाँ ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले रुको भाई हाँ ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जब तक के लिए गुड बाय